तो हेलो लोग आज हमने देखे पता लग गया होगा कि घर में ऐसा क्या है तो हम चलिए अपना घर में लेके चलते हैं घर दिखाते हैं हमारा घर कैसा है और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दिखाते हैं चलिए यहाँ पे हम चलते हैं अपना घर में तो, तो फाइनली हमारा घर ये है तो यहाँ पर ही आके अपना तो हमारा साइकिल है जो हम किने थे जिसको कमा के और ये गो गेंट है और एक एक गेंद है घर में अपना सामान है कपड़ा लता है यहाँ पर ये सामान सब सा है यहाँ पर कपड़ा है यहाँ पर पंखा है मेरा और वो होम थिएटर कीने थे वो हम ही किने थे फोटो दिए और ये हमारा घर है तो उस इस घर में लेके चलते हैं दिखाते हैं क्या है ये घर तो इस घर में हमारा फैमिली यहाँ पर ही हमारा पास एक गाय था वो तो गायक बनाता था और इस घर में यहाँ पर हम दूसरे वीडियो कभी कभी वीडियो शूट करने का मन करता है तो यहाँ पर हम अपना वीडियो खारा होकर शूट कर लेते हैं यहां पर इस यहां पर ये वीडियो शूट कर लेते हैं और इधर इधर है भगवान जी का फोटो चलिए वहां पर ले चलते हैं तब फाइनल ही चप्पल खोल लेते हैं यहां पर पलंगरी हमारा है देखिए पलंग है और ये भगवान जी की फोटो है भगवान जी की मूर्ति है देख लीजिए आप लोग और देख के और ये शीशा है और ए पंखा है और घर के उस घर में ले चलते हैं उस घर में क्या क्या है चलिए दिखाते हैं तो इस घर में हम चलते हैं इस घर में खाना बनता है हमारा देखिए यहाँ पे ये है झरना अपना है और ये वाला खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है और यहाँ पे इस चूल्हे पे खाना बनता है और पीछे हम ले चलते हैं अपने पीछे भीट में तो पीछे हम भीट में ले चलते हैं अपना चलिए देख तो देखिये हमारा भीड़ कैसा है आइए देखिए हमारा है इसमें भूसा रखा था ये घर ऐसा हो गया इसमें रहता नहीं कोई इसमें भूसा रखा था, था और ले चलते हैं इधर बहुत जंगल है तो देख सकते हैं इसमें अपना घेवरा के सब्जी साग सब्जी रोपा हुआ है खाने के लिए और यहाँ पे ले चलते हैं और में चलते है यहाँ पर काफी खुला एरिया है तो हम चलते हैं घर के उस पार चलते हैं अभी अब कल हम अपना दिखाते हैं कल किधर पड़ता है तो ये हमारा आंगन है आंगन से हम निकलते हैं तो हमारे इधर कल पड़ता है इधर कल पड़ता है इसमें नासी है नासी इसमें बारिश से पानी आता है और ये मेरा कल है आप लोग एक सपोर्ट कर दीजिए मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद था आप लोग सपोर्ट करिए मुझको और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेलाइटन दबाइएगा ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए